आज हम गृहत कुमारी की बात करेंगे इसको अलोए वीरा या अलोए बार्बाडेंस के नाम से जानते हैं वीरा का मतलब ट्रू होता है इसके फ्लैसी लीव्स हैं जिसके अंदर म्यूसीजिनस मटेरियल मिलता है और इसका प्रोपेगेशन स्टोलोन के माध्यम से किया जाता है यह एसफोडिलेसी फैमिली का है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ग्लूकोमेनोज आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम मैलिक, सिट्रिक एंड टाइट्रिक एसिड पाए जाते हैं इसकी अगर हम औषधीय गुणों की बात करें यकृत और पीलीहा वृद्धि के लिए इसका जूस बनाकर पिया जाता है और अगर चर्म विकार हैं अर्श की समस्या है या वृण रोपण में हम इसका बहा लेप लगा सकते हैं विषम जोर की स्थिति में एक चम्मच जूस दो से चार काली मिर्च के दाने के साथ दिया जा सकता है जीर्ण ज्वर में एक चम्मच रस और दो ग्राम हर्ड का चूर्ण दिया जाता है जलोदर यक्रोदर और पिलो की केस में दो चम्मच घृत कुमारी का सेवन दो ग्राम काली मिर्च पाउडर के साथ करना चाहिए और अगर जुकाम की समस्या बनी हुई है तो इसके पाँच से दस एम जूस के अंदर एक चुटकी हल्दी और अजवाइन का चूण मिलाकर हमें पिलाना चाहिए गंड की समस्या हो तो घृहत कुमारी और हल्दी का चूण का पीस कर पुलटिस बना लेनी चाहिए और उसको बांधना चाहिए दुष्टवरण में इसकी जो मूल है उसको गोमूत्र के साथ पीस कर पुलटिस बनाकर घाव पर बांधना चाहिए और रक्तपित्त की समस्या होती है तो इसके रस को आंवले के रस के साथ मिलाकर पीना चाहिए अगर आंवले का रस ना हो तो ग्लोए के रस के साथ भी मिला के पिया जा सकता है ध्यान ये रखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फिनोलिक एंड ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में मिनरल डिसबैलेंस कर सकते हैं इसके कारण कई बार ज्वाइंट पेन की समस्या भी हो जाती है ज़्यादा मात्रा लेने से बचें और लंबे समय तक ना लें तीन महीने से ज़्यादा लेने के बाद कम से कम पंद्रह दिन का हमें ब्रेक करना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकें कई बार ज़्यादा मात्रा में लेने से शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा भी कम हो जाती है इसका डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी विशेष योगदान है यह है शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से पेनक्रियाज़ को स्टीमुलेट करके ब्लड ग्लूकोस को कंट्रोल करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है इसके बहुत सारे औषध गुण हैं लेकिन हमें इसका उपयोग इसकी मात्रा इसका सेवन का योग सभी चीज़ें ध्यान में रखकर लेनी चाहिए आज जो जो प्लांट आपके सामने रखा है इसका सेवन हमें सावधानी के साथ करना चाहिए ज़्यादा मात्रा लेने हमें बचना चाहिए फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ आप सभी का धन्यवाद आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे और आपकी कोई समस्याएँ होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं प्रणाम